हेलो दोस्तों मेरा नाम है लाला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जस्ट वाच आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा कौन है जिसकी चार टांगे होते हुए भी चल नहीं सकता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 दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है तो बताओ ऐसा कौन है जो दूध और अंडा दोनों देता है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है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 क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है मशरूम वह कौन सा जीव है जो छह दिन तक अपनी सांसें रोक सकता है जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है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 वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें